हेलो दोस्तों आज से चार अरब साल पहले बने इस पृथ्वी पृथ्वी पर अथवा का का बहुत बड़ा योगदान रहा है चाहे गर्म ठंडा होना हो या फिर मौजूद पानी सभी एस्टोरॉइड के पृथ्वी पर गिरने से ही बने एक प्रकार से कहा जाए तो जीवों की उत्पत्ति इन्हीं एस्टोरॉइड के चलते हुई वही दूसरी और आज से छह करोड़ साल पहले इन्हीं एस्टोरॉयड के चलते पूरी डायनोसोर की प्रजाति का नाश हो गया दरअसल हमारी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण कई उल्काएं पृथ्वी पर गिरती रहती हैं, पर आकार में छोटे होने के कारण वह पृथ्वी को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मंगल ग्रह तथा बृहस्पति ग्रह के बीच एक एस्टोरॉयड बेल्ट पाया जाता है जिसमें असंख्य एस्टोर पाए जाते हैं कुछ बहुत छोटे होते हैं तो कुछ इतने बड़े होते हैं नाएन नाएन नाम का एक बड़ा एस्टोरॉइड हमारी पृथ्वी की और करीब सैतीस हजार किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आ रहा है तथा तो नासा ने यह अनुमान लगाया की यह उनतीस अप्रैल दो हजार बीस को पृथ्वी के बहुत ही करीब होगा आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह आकार में 13,500 फीट व्यास का है, जो कि हिमालय पर्वत के आकार से भी बड़ा है पर सवाल ये उठता है कि क्या 29 अप्रैल दो हजार वो तिथि है जिस दिन हमारी ये दुनिया समाप्त हो जाएगी कुछ वैज्ञानिकों की माने तो ऐसा संभव है कि जब यह एस्टोरॉयड पृथ्वी के सबसे न्यूनतम दूरी पर होगा तब गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव से हिमालय पर्वत से भी बड़े साइज़ का एस्टोर धरती को हिट करेगा और बहुत ही बड़ा हो जाएगा। यदि ये पर गिरती है तो संपूर्ण मानव जाति का डायनाशोर की तरह ही विनाश हो जाएगा पर कुछ कैलकुलेशन के मुताबिक नासा के वैज्ञानिकों ने यह बताया है की यह एस्टोरॉयड पृथ्वी से करीब 60 लाख किलोमीटर दूर से गुजरेगा जिस कारण वो गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र से काफ़ी दूर होगा और वो पृथ्वी से नहीं टकराएगा हालांकि कुछ जगहों में मौसम बिगड़ने के आसार हो सकते हैं या फिर समुद्र में ज्वार भी उत्पन्न हो सकता है पर हमारी पृथ्वी को इस एस्ट्रॉयड से खतरा बिल्कुल भी नहीं है इसलिए हमें डरने की ज़रूरत नहीं है और ऐसे ही साइंस वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से